अगर मेहनती है नकारो की मैं बात नहीं करता अगर मेहनती है और उसने इस बिजनेस में आके सपने देखे हैं वो सपने पूरा करने की ताकत और अवकात इस इंडस्ट्री में